आपका अपना सहारा 9 टूडे वॉइस न्यूज चैनल नागरिक सेवा समिति एवं फूड बैंक की ओर से बिना को उन्नीस दिसम्बर दो को उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जामा मस्जिद चौराहे पर नेकी की दीवार का उद्घाटन किया गया इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट मुसर्रत हकीम साहब रहे और अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान साहब रहे शहर के सम्मानित लोगो ने शिरकत की शहर के सम्मानित लोगो का कहना है की यह बहुत नीक कदम आपकी नागरिक सेवा समिति ने उठाया है इससे यहाँ की गरीब जनता को बहुत फायदा होगा कड़कड़ाती ठंड में नेकी की दीवार से कपड़े लेकर उसकी ठंड समाप्त हो जाएगी समिति के संस्थापक युवा समाजसेवी मोहम्मद अली वारिस वारसी सैफी ने कहा कि समिति पिछले सात वर्षों से लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है समिति के समस्त पदाधिकारी घर घर जाकर गरीब जरूरतमंद लोगों की अपने अपने क्षेत्रों में मदद कर रहे है आग किसी को कंबल या लिहाफ़ चाहिए तो उसको घर जाकर बिना किसी शोहरत के चुपचाप दे देते हैं ताकि उनको गरीबी का एहसास ना हो सके इसके साथ समिति ने फूड बैंक भी सन 2018 में कायम की थी जिसके जरिए से जरूरतमंद लोगों को फ्री खाना खिलाया जाता है व भी कराया जाता है और मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी फ्री कराए जाते हैं दवाई भी फ्री दी जाती है और सभी जाँचों आरोप पचास डिस्काउंट करा कर होम डिलीवरी की जाती है और पढ़ने वाले बच्चों की करियर काउंसलिंग करके उनकी शिक्षा में मदद की जाती है इस दौरान मौजूद रहे समिति के संस्थापक अली वारिस वारसी सैफी मोहम्मद जुनैद वारी सैफी सैयद जुबैर एडवोकेट मजहर खान अध्यापक एडवोकेट मुजफ्फर हुसैन पम्मा साहब हमाद शमसी राजा साहब मुश्ताक सैफी आसिफ सैफी असलम साबरी मुख्तार हुसैन अंसारी एहसान अब्बासी साहब मोहम्मद नौशिना फहद खान मोहम्मद फरीद अशरफी फरमान खान अतीकुर रहमान मोहम्मद आसिफ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान रफत खान मुरादाबादी आबिद हुसैन आदि लोग मौजूद रहे मुरादाबाद ऐसी एम सरताज की रिपोर्ट क्या करा है आपने ज़रूरतमंद वरी लोगों के लिए जिनके पास कपड़े नहीं हैं गर्मी में जाड़ों में पड़ रहे हैं उनके लिए हमने का करा है ताकि कपड़ों से ले सकते हैं डायरेक्टर हैं आप, है। आप यहाँ किस लिए आए हैं जाए है। और भी बहुत सारी मीटिंग के काम करते रहते हैं लेकिन इस वक्त जो राजा हाजरा में मौत का मौसम जो मिट्टी है वो सबसे बड़ी चाड़ों ने जन्म चपड़ी थी तो जरूरत को देखते हुए हमारे ऐसे बहुत सी भाई बीबा भाई जरूरतमंद भाई उनके पास में इस शिक्दत की झंड में जन्म चपड़ी नहीं है कि चम्पल मुहैया हाजराने के है और नाथी जब बैनर है यहाँ व्यवस्था है जिसकी जरूरत है वो यहाँ से बिना इजाज़त बिना परमिशन, बिना जो है उनको यहाँ से आप दे जाए और जिस भाई के पास पैसा है जो लगता है कि मेरी जरूरत से ज़्यादा है वो यहाँ पर छुट्ट जाए जी जी जवाब की इस अच्छे इवेंट उठाकर तो हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे लोगों के सरपरस्त हैं हमेशा आप इन कामों में आगे से आगे रहते हैं हरिवारी साहब के इस कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो मुबारकबाद है हरी साहब जो इस तरह के काम करते हैं गरीबों के लिए मुफ्तों के लिए नादारों के लिए हमेशा रहता है और ये इस तरह के काम करते रहते हैं ये बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने इस चराहे पर इस काम को शुरू किया है अल्लाह ताली इसको इसलिए और मजीद का फरमा और इसका हौसला हिम्मत आप लोगों को बढ़ाते रहना चाहिए आप हमें कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है इससे गरीबों की मदद होगी और इसमें बढ़ चढ़ते लोगों को हिस्सा लेना चाहिए अगर किसी के पास फालतू हैं कपड़े तो वो भी हमें रख सकता है यहाँ पर और लोगों में इसमें आगे बढ़ हिस्सा लेना चाहिए आप लोग कुछ बताना चाहेंगे भाई साहब जी हर अमेरिवारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ तो इन्होंने जो काम किया है बहुत सरा काम है और मैं समझता हूँ कि इनसे मदद कम हो गया है शायद कर सकते हैं तो, तो, है। तो रात में जो गरीब लोग प्रोग्राम उनको बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छा काम है अल्लाह तक इनको है सर